हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके एक ऐसे सवाल का जवाब जो कि आप में से बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहा है दोस्तों आपके जो भी डाउट हैं उसका आज हम सोल्यूशन करेंगे और उसके लिए आप बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एपीजी टोकन की तो दोस्तों आप में से भी बहुत सारे लोगो ने एपीजी टोकन का स्कैम वीडियो देखा होगा और आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा की क्या एपीजी टोकन एक स्कैम है तो हम इस बात का आपको सोल्यूशन देने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे की एपीजी टोकन एक स्कैम है या ये एक जेन्यून करेंसी है दोस्तों अगर कोई भी करेंसी फेक है तो इसकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसके जो ओनर होते हैं उनका नेम और उनकी फोटो आप कहीं भी नहीं पा सकते हैं कंपनी का एड्रेस आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है अगर कंपनी की वेबसाइट पर उसका एड्रेस दिया भी होता है तो या तो वो किसी इलाके का नाम या किसी गली का नाम लिखा होता है कंपनी के नंबर्स पर कॉल करने पर या तो कॉल पिक नहीं होती है और या फिर कॉल लगती ही नहीं है आपके किसी भी तरीके के कोई डाउट आपके इन्वेस्टमेंट ऐसी रिलेटेड जो होते हैं वो सॉल्व नहीं किए जाते कंपनी की जो करेंसी होती है उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती दोस्तों इस तरीके से आप इजीली पता लगा सकते हैं कि कंपनी फेक है लेकिन एपीजी टोगन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि एपीजी टोगन के ओनर का नेम आप सभी लोग जानते हैं और अगर आप एपीजी टोगन की जूम मीटिंग को ज्वाइन करते हैं तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इसके ओनर खुद आकर लोगों के डाउट सॉल्व करते हैं कंपनी का जो एड्रेस दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है और आप में से बहुत सारे लोग वहाँ पर विज़िट करके देख भी चुके हैं दोस्तों कंपनी के नंबर पर जब भी आप कॉल करते हैं और आपकी कॉल पिक की जाती है और आपके डाउट्स के सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं बात करें कंपनी के ग्रोथ रेट की तो दोस्तों एक महीने पहले जब एपी जी टोकन का वॉलेट लॉन्च हुआ था तो इसकी कीमत पाँच रूपए थी और आज के टाइम में ये एक सौ को भी क्रॉस कर चुकी है तो इस हिसाब से आप इसकी ग्रोथ रेट का अंदाजा बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं दोस्तों इसकी अगर स्कैम वीडियो को ध्यान ऐसी देखें तो आप ये पाएंगे की इसमें कहीं भी किसी लॉजिकल प्वाइंट आरोप बात नहीं की गयी है जिससे ये सिद्ध किया जा सके की कंपनी फेक है इसका ये मतलब होता है की ये वीडियो केवल और केवल व्यूज बढ़ाने के ये बनाए गए हैं और आपको इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है दोस्तों एपीजी टोकन बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है और इसकी ग्रोथ रेट बहुत ही ज्यादा है दोस्तों इस करेंसी की सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी वन माथ से और आप इसको लाइव रेट पर सेल भी कर सकेंगे ए टोकन पहले बी ई ट्वेंटी ब्लॉक पर काम करती थी जो कि अब टी ट्वेंटी पर शिफ्ट हो रही है दोस्तों टी ट्वेंटी पर शिफ्ट होने के बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा आपका काम क्योंकि बी ट्वेंटी पर काफ़ी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही थी दोस्तों टीआरसी ट्वेंटी पर आपको कम स्पीड का सामना नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पर जो आपकी गैस फीस काफी ज्यादा लग रही थी वो भी यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल सी है और मैं आपको बता दू कि लीडर्स के सजेशन पर इसे अलग अलग एक्सचेंजेस पर लॉन्च किया गया था जिसका काफी बड़ा बैड इंपैक्ट हुआ क्यूँकी कुछ इन्वेस्टर्स ने अलग अलग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाके इसकी वैल्यू को बहुत ही ज्यादा डाउन कर दिया जिसकी वजह से बाकी इन्वेस्टर्स को बहुत लॉस हुआ ये एपीजी के सिस्टम के लिए काफी चैलेंजिंग टाइम था जिसे बहुत ही सलीके से सॉल्व कर दिया गया है दोस्तों आप में से जिन्होंने स्टैकिंग में फंड लगाया हुआ है वो अब टी आर सी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्राप्त करेगा जिससे आप काफी ज्यादा अर्निंग कर पाएंगे दोस्तों कंपनी का ये डिसीजन आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है बहुत ही जल्द कंपनी आपका फिर ऐसी भरोसा जीतेगी क्योंकि टोकन की वैल्यू आपको काफी ज्यादा मिलने वाली है दोस्तों जो वैल्यू आप एपीजी टोकन के वॉलेट पर देखते हैं उसी वैल्यू में आप इसको सेल भी कर पाएंगे कंपनी बहुत ही जल्दी अपना ब्लॉकचेन भी लाने के लिए प्लान कर रही है और जैसे ही कंपनी का ब्लॉकचेन आ जाएगा वैसे ही एपीजी टोकन एपीजी क्वन बन जाएगा दोस्तों जैसा की आपको पता ही है की जिसका खुद का ब्लॉक होता है उसे ही हम क्वन कहते हैं जिसका ब्लॉक नहीं होता है या जो दूसरे के ब्लॉक पर काम करते हैं उन्हें हम टोकन कहते हैं आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है क्योंकि आपकी कोई भी इन्वेस्टमेंट यहां से कहीं नहीं जाने वाली है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर बनी हुई है जिसे आप जाके देख सकते हैं आप में से जिन लोगों ने प्रोग्राम में इन्वेस्ट किया था अगर आपने किसी भी प्लेटफॉर्म आरोप विड्रॉ किया है तो आप उन्हें टी आर ले जा सकते हैं उसके लिए आपको फिर से स्टेकिंग प्रोग्राम में जाके अपने अमाउंट को बाई एपीजी टोकन में जाके बाई करना है जहाँ आपको बाई एपीजी का ऑप्शन शो करेगा और उतना ही एपीजी टोकन आपको ऐड करना है जितना आपने विड्रॉप किया था इसे ज्यादा करने की कोशिश मत करिएगा दोस्तों क्योंकि कंपनी इसको वेरीफाई करेगी अगर आपने एपीजी टोकन को किसी एक्सचेंज से बाई किया था तो आप इसको वहीं पर सेल करिए क्योंकि वहाँ पर कंपनी की जिम्मेदारी नहीं होती आपने जिस एक्सचेंज ऐसी इसको बाई किया था उसी एक्सचेंज आरोप आप इसको सेल कर दीजिए इन्ही इन्फॉर्मेशन के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नए वीडियो कुछ नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद